हा के है हाँ है क्या है ठीक है ठीक है है के नाम नाम राजकुमार उम्र कितनी होगी हाँ। उम्र साल का अच्छा अच्छा पिताजी का के नाम है पिताजी का के नाम है मम्मी मम्मी का का के नाम है लक्ष्मी पिताजिया का अच्छा गांव कौन सा अपना हाँ। गांव का के नाम है धनसु जिला कौन सा अपना हाँ। जिला हाँ। फोन में तेरी वीडियो देखी मैंने राजकुमार अच्छा, के नाम है उसका इसका करू। करू। के है ओ मेरे काको काको लाग है पर सीधा कालू बोल ले तू तो हां सीधा कालू को मैंने कहा कालू एक और ले आया थे सीधा ही बोला है अच्छा अच्छा शर्ट ऊपर करिए ऊपर ठा ए दिखा प्रवीण एक बार नीचे तो बिल्कुल क्लोज होता है ये के हो रे आयु के दिक्कत हो ये पता थाने क्यों हैं पता थाने क्यों अरे सुनो क्यों किस चीज को पता बोल क्या हाल है ठीक है अच्छा लागू बहुत बढ़िया भाई चलो भाई धन्यवाद जय जवान जय